नमस्कार मुस्कुराइए आप दिलीप सिंह के साथ हैं आपकी कहानी दिलीप की जुबानी मेरे एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आज मैंने एक कहानी जो मुझे व्हाट्सएप से प्राप्त हुई है इसके लेखक का तो मुझे पता नहीं लेकिन कहानी के भाव को देखने के बाद मैंने निश्चय किया कि आप लोगों तक इस कहानी को मेरे शब्दों में पहुँचाना चाहिए कहानी बाप बेटे की है और एक न्यायालय से इस कहानी की शुरुआत होती है एक दिन सुबह सुबह न्यायाधीश महोदय जब अपने न्यायालय में बैठते हैं तो जो उनके हाथ में पहला केस लगता है जो पहला मुकदमे की फाइल उनके हाथ में आती है वो एक बूढ़े बाप की केस होता है जिसमें बूढ़ा बाप अपने बेटे से कुछ न कुछ हर महीने भरण पोषण के लिए आवेदन दिया होता है सुनवाई प्रारंभ करते हुए जब जज साहब ने आवेदनकर्ता करता बूढ़े बाप को कोर्ट में बुलवाया तो अपने आवेदन के अनुसार ही बूढ़े बाप ने लड़खड़ाती कपकपाती आवाज़ में अपना वही निवेदन कि हुजूर, मैं अपने बेटे से हर महीने न्यूनतम जो हो सके उसकी हैसियत के हिसाब से मुझे भरण पोषण दिलाने की कृपा कर मुकदमे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए जज साहब ने भी बेटे को भी बुलावा भेज रखा था बेटा भी कोर्ट में हाजिर होता है और जज साहब मुकदमे के अर्जी के अनुसार आवेदन के अनुसार बेटे से भी वही तथ्य रखते हैं कि आपके पिताजी चाहते हैं कि हर महीने आप स्वयं उनको भरण पोषण के लिए न्यूनतम कुछ न कुछ दें बात को सुनकर बेटा बहुत अचंभित हुआ बड़े आश्चर्यचकित होते हुए जस साहब को देखा और अपने पिताजी को देखा और बहुत ही लंबा सांस लेने के बाद बोला कि हमारे पिताजी के पास तो सब कुछ है उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं है बंगला है गाड़ी है पैसे हैं नौकर है चाकर है लाखों करोड़ों का तो हर महीने दान दक्षिणा करते रहते हैं आखिर उनको किस बात का भरण पोषण होना ऐसा कभी उन्होंने कहा भी नहीं मुझे बेटे की बात को सुनकर जज साहब बोले आपकी बात बराबर है लेकिन न्यायालय में जो भी न्याय के लिए आता है इस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ कर, मेरा कर्तव्य है कि जो लोग भी आवेदन किए हैं जिन लोगों ने भी मुकदमा किया है उसको उचित न्याय दूँ और जज साहब ने पिताजी से बूढ़े बाप से बोला कि आपको क्या होना आप ही बताएँ वो न्यूनतम वो हैसियत के हिसाब से आपको अपने बेटे से क्या चाहिए बेटा फिर अपने बाप को देख रहा था बूढ़े बाप ने अपने कपकपाती हुई लड़खड़ाती हुई आवाज़ में साए शाएँ करती हुई आवाज़ में फिर एक गंभीर बात को बोला जो आपको सुनना चाहिए समझना चाहिए वो बोलता है कि मुझे हर महीने मेरे बेटे के हाथ से सौ रुपए होने जज साहब को फिर बहुत ही आश्चर्य हुआ अचंभा लगा कि ये कोर्ट ये मुकदमा ये समय लेकिन फिर भी उन्होंने वृद्ध की बात को रखते हुए मुकदमे की कार्रवाई को समाप्त करते हुए आदेश किया कि बूढ़े का जो बेटा है वो प्रत्येक महीने अपने बाप को सौ रुपये स्वयं आकर देगा और अभी तत्काल प्रभाव से उसके हाथ में सौ रुपए वो दे जज साहब ने आदेश तो कर दिया न्यायालय कि बाकी लोग चले भी जा रहे थे उसी बीच जज साहब ने अपने सिपाही से बोल के बूढ़े बाप को बोला कि आप जज साहब को ने आपको बुलाया है आप उनसे उनके चैम्बर में एक बार मिल के जाइए जज साहब के चैंबर में जब बूढ़ा बाप गया तो बड़े ही आश्चर्य और अचंबित होकर जस साहब ने बोला आपके सब कुछ जानकर मुझे बहुत खुशी भी है दुख भी है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने अपने बेटे से इतना सब कुछ होते हुए भी सिर्फ सौ रुपये मांगा वो भी सौ रुपये क्यों मांगा आपने मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैंने बहुत सारे मुकदमे किए बहुत सारे मुकदमे देखे बूढ़ा बाप उन्हें कप आवाज में फिर रुआसा होकर बोलता है कि जज साहब आज मुझे पैंतीस साल हो गए हैं मैं अपने बेटे को आज पैंतीस साल बाद देखा आज मैंने अपने बेटे की आवाज को पैंतीस साल बाद सुना है जस साहब स्तब्ध रह गए और भावनाओं को समझ गए कि क्या समझ जाए? फिर भी जस साहब ने बोला कि पिताजी चाचा जी आप बोलते तो मैं कड़ी कार्रवाई करता और उसको आप, आपके साथ रहने को बोलता आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ रहता आपका भरण पोषण करेगा फिर बाप ने बोला बूढ़े बाप ने बोला बुजोर्ज तो माए बाप जो तो मेरा बेटा है मैं उससे प्यार करता हूँ मुझे उसको सजा नहीं दिलानी है उसको दुख नहीं पहुंचाना है उसको दुख पहुंचाकर मैं भी दुखी हूँ आज ये कहानी इतना ही वैसे तो कहानी बहुत बड़ी नहीं है कहानी में बहुत कुछ ऐसा है नहीं जो कुछ अलग बताए लेकिन समाज पर कुठाराघात करती हुई ये कहानी आपको मेरे दिल को और बहुत सारे लोगों को झकझोर रही होगी कईयों की कहानी हकीक़त भी लग सकती है कईयों को फंसाना भी लगेगा लेकिन समाज में ऐसा ही है लोग तो भागम भाग जिंदगी में अपना घर परिवार माँ बाप को दूर कर दिए हैं तमाम संपत्तियाँ होने के बावजूद भी बूढ़े माँ बाप की अधूरी इच्छाएँ वृद्धाश्रम से चीख चीख के पुकारती हैं या फिर बेटे को मैंने सफल तो किया लेकिन मेरा बूढ़ा जरूर हार गया है इस कहानी के साथ ही मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूँगा कोरोना का कहर फिर से शुरू होने वाला है घबराएं नहीं बचाव करें और ऐसी मार्मिक कहानियों को दोबारा सुनने के लिए आपकी कोई अपनी दिल को छूने वाली कहानी दिलीप की जो सुननी है लोगों को सुनाना है तो हमारे मेल आई जो डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है पर लिख भेजें हम अवश्य उसको आप तक लोगों तक पहुंचाएंगे। आज इतना ही फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी एक नई सोच एक नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातृ